हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सुपरफाइन टेक्निकल में दोस्तों आज हम बात करेंगे अपने YouTube वीडियो को एस कैसे देखें और कहाँ से देखें तो सबसे पहले हमें जाना है ट्यूबी में जो हमें प्ले स्टोर से आसानी से मिल जाएगा वहां से डाउनलोड कर सकते हैं तो हमारा ओपन हो रहा है तो सबसे पहले हमें कि अपनी किसी भी एक वीडियो पर क्लिक कर देना है जिसका हमें सीईओ देखना है तो चलिए हम करते हैं इस वीडियो पर क्लिक तो दोस्तों ये लिख के आ रहा होगा साइड में एसई सी तो यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट होती हैं एक वीडियो के लिए वो आपको पीरो कर वो आपको पूरी करनी होती हैं तो जैसे मेरा अपलोड हाई रील्स थंबनेल ठीक है एड टैक्स टू या टाइटल यानी एक टाइटल में एक से दो टैक्स होने ज़रूरी हैं एड टैक्स टू योर डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में भी एड होनी चाहिए जो कि मेरे नहीं हैं टाइटल लेंथ है मेरा जिससे किसी भी व्यक्ति को पढ़ने में दिक्कत आती है टैक्स की लेंथ है तो कुल मिला के दस होते हैं तो मेरे जो एस सी ओ में दस में से छः ठीक हूँ चार, चार गलत हैं जो कि हमारे दस में से दस सारे सही होने चाहिए तभी हमारी वीडियो यूट्यूब पर रैंक करती है अदरवाइज़ हमारी वीडियो का सही परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलता है तो ये वेरी सिंपल आशा वेरी सिंपल तरीका है आपको एस कंप्लीट करने का और यहाँ पर देखने का कि हमारा वीडियो का एस कम्प्लीट हुआ है या नहीं है तो हमें जब कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो हमें सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं हमें ऐड एंड स्क्रीनस करनी होती है प्ले में भी हमें ऐड करना होता है जो कि वीडियो के रैंक के लिए अच्छा रहता है तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमारी वीडियो को लाइक करें अगर आपको ये पहले से बताता इसके बारे में ट्यूबर के बारे में कि ट्यूबर से ऐसी कैसे देखते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह का की वीडियो YouTube ट्यूटोरियल और भी टेक्निकल से वीडियो जिसकी ज़रूरत आपको हमें कमेंट करके बताएं हम ज़रूर उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे धन्यवाद